जैसा कि आप लोग सब जानते ही होंगे कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था लेकिन ये सच नहीं है जी हाँ आपने सही सुना तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया कब कब क्या क्या, क्या हुआ तो चलिए शुरू करते हैं। 1802 में हम डेवी ने इन्वेंट किया फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट वो इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प सफिशियंट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता था सात दशकों तक अनेक अनेक इन्वेंटर लाइट का निर्माण किया लेकिन उनमें से एक भी डिजाइन जो था वो कमर्शियल यूज के लिए काम नहीं आया 1840 हंड्रेड फोर्टी में ब्रिटिश जो थे ला रुई। एक, एक प्लेटिनम को एक में डाल के उसके जरिए इलेक्ट्रिक करेंट पास किया तो देखा की वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा हालाकि प्लेटिनम के बहुत कॉस्टली होने के कारण ये कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए परफेक्ट यूज में नहीं आया एटीन थोमसल जो थे, वे एक इंडेट लैम्प बनाने पर रिसर्च कर रहे हैं और इसी के दौरान ने बहुत प्रोटोटाइप बनाए बल्ब के और फाइनली सक्सेस हो हैं। अल्वा एडिशन गए थॉमसल के द्वारा बनाई गई बल्ब का फोटो ये रहा आप देख सकते हैं गाइस आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते है आपसे न्यूडियो